सब्सक्राइब कर आपका सपोर्ट होगा तो हम ही आगे बढ़ पाएंगे घर का ही है मामला तो इसलिए क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लग गई है आपको पता नहीं है आप यदि बनाने तो आपको भी इसका पता अंदाज लग जाएगा कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत मेहनत लगती लगती है बहुत लग है बहुत इसलिए इसको रिकॉर्डिंग करना सब कुछ होता है गाइज इसलिए क्या कर सकते हैं आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है गाइज आज ये वीडियो वायरल होकर रहेगा यदि नहीं हुआ तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा गाइज इसलिए यदि यूट्यूब अपना वीडियो वायरल नहीं कर सकता तो YouTube कुछ काम कर नहीं है आज ये यदि वायरल नहीं हुई तो मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो वीडियो वायरल होगी अन्यथा नहीं होगी गाइज तो इसलिए आप दबाके लाइक ठोको इन चैनल को सब्सक्राइब करो एक जल्दी से जिसने भी अभी तक नहीं किया और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज इसलिए आपको करना ही है गाइज आपका सपोर्ट होगा तो हम क्या कहते हैं आगे बढ़वाएंगे गाइज मैं आपको क्या कहते हैं बार बार विनती करता हूँ इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब बहुत बड़ी चीज़ है आप पहले सब्सक्राइब करना गाइज़ वीडियो बाद में देखो प्लीज इतना कर दो गाइज या फिर वीडियो पहले देखो और सब्सक्राइब पहले बाद में करना गाइज वीडियो देख कर मजे लो लाइक में सब्सक्राइब तेल लेने ऐसा नहीं है सब्सक्राइब और लाइक करना है वो बाबा बोलते हैं इसलिए मैंने भी बोल दिया बट आपको क्या है? करना कहते हैं अन्यथा ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा यदि यूट्यूब अपना वायरल नहीं कर सकता वीडियो YouTube कुछ काम करना नहीं है इसका मतलब है कि YouTube बड़े क्रिएटर को ही सपोर्ट करता है छोटे क्रिएटर को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है इसलिए, इसलिए गाइज हम छोटे क्रिएटर क्या कहते हैं नहीं हो पाते आगे नहीं बढ़ पाते यूट्यूब भी अपना क्या कहते हैं सपोर्ट नहीं करता इसलिए मैं खुद को कंटेंट बनाना पड़ता है गाय कंटेंट खूब है बट कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है क्या करेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है सब्सक्राइब करे भी कैसे करे यूट्यूब क्या कहते वायरल नहीं कर रहा वीडियो तो गैज आप ही हो सब कुछ आप ही करवा सकते हैं वीडियो वायरल तो गैज जल्दी से वीडियो वायरल करवा दो और दो रिम शुरू के दो बंदेम कर सकते हैं इसलिए गाइज जल्दी से रिडीम करना वीडियो देख कर जल्दी से रिडीम करना गाइज गीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे से आगे शेयर करो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय